मिलोडिया आदमी फेसबुक पर अन लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता है क्या हो तुम? तुम जो जो मन में तुम बोल देते हो। सिर्फ इतना ही नहीं मिलोडिया लड़कियों के कमेंट बॉक्स में जाकर आयी लिखता है